खेल कहाँ पर हुए आप लोगों को बताना है, friends, कि पहले ACI खेल कहाँ पर हुए बैंकॉक सिंगापुर कोलंबो या नई दिल्ली तो friends, बताएं कि कहाँ पर हुए हैं तो राइट आंसर है, एशियाई खेल थे उन्नीस सौ इक्यानवे वो भारत नई दिल्ली में हुए थे तो डी एस का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकेंड राष्ट्रीय गीत बंदे मात्रा सबसे पहले कब गाया गया अठारह सौ पचासी और उन्नीस तो जो राष्ट्रीय गीत बंदे मातरा है सबसे पहले गाया गया था अठारह में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में तो अठारह सो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर तीसरा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है भटनागर पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार भारत रत्न या पद्म पुरस्कार तो फ्रेंड्स बताएं कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है तो राइट आंसर है दोस्तों इसका अर्जुन पुरस्कार कौन सा पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार जो तो भारत रत्न है वो हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार है अगर हम उसकी बात बात करें तो पद्म विभूषण और उसके बाद बात करें तो पद्म भूषण और लास्ट में पद्मश्री इनका क्रम है बरीता के अनुसार सबसे देश का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न फिर पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री और भटनागर पुरस्कार भी फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है कि, कि किस क्षेत्र में दिया जाता है तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी में दिया जाता है विज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है तो आपको भटनागर पुरस्कार भी याद रखना है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चौथा क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे राजा चेलैया सी रंगराजन अमरत्यसेन या के राज तो जिसे नोबेल पुरस्कार सबसे पहले भारत में किसे मिला तो फ्रेंड्स राइट आंसर है अमरत्यसेन को ये भारत के सबसे प्रसिद्ध और आज तक के इतिहास के नंबर वन अर्थशास्त्री हैं और इन्होंने उन्नीस में नोबल पुरस्कार जीता इसके बाद अगली ही बार उन्नीस में इन्हें भारत रत्न भी मिला मतलब दोनों पुरस्कार जीतना एक अपने आप में बहुत ही दुर्लभ बात है तो इससे बड़े अर्थशास्त्री भारत में आज तक कभी नहीं हुए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ पांचवा क्वेश्चन राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है 15 जनवरी 25 जनवरी 8 फरवरी या 25 फरवरी तो फ्रेंड्स बताएं तो राइट आंसर है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है क्वेश्चन नंबर छठवा बी ए आर सी का क्या फल फॉर्म है भावा एटोमिक रेगुलेटिंग सेंटर भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर भाभा एटोमिक रिसर्च काउंसिल भाभा एरोनाटिक्स रेगुलेटिंग सेंटर तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका बी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर तो ऐसा करता हूँ सभी लोगों से बन गया होगा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सात में खासी गारो जयंतियाँ किस राज्य में निवास करती हैं जो ये जनजाति हैं पूर्वोत्तर राज्यों की ये जनजातियाँ हैं तीनों इस्लाम से वहां पे पहाड़ियां भी हैं तो खासी गारो जयंतियाँ ये जनजाति हैं किस राज्य की प्रमुखता हैं प्रमुख रूप से रहती हैं झारखंड मध्य प्रदेश मेघालय या सिक्किम तो फ्रेंड्स राइट आंसर है खासी गारो जयंती जनजाति है वो मेघालय में क्वेश्चन दो हजार 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है सिक्किम मेघालय गोवा नागालैंड तो फ्रेंड्स राइट आंसर है जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है क्वेश्चन नंबर नौवा उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली मुरादाबाद सहारनपुर मिर्जापुर तो जो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है वो बरेली है क्वेश्चन नंबर दसवा भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया क्योंकि तो भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है तो बताना है आपको ब्रिटेन अमेरिका रूस फ्रांस तो आशा करता हूं आप लोगों से फ्रेंड बन गया होगा जो भिलाई संयंत्र है वो रूस की सहायता से दोस्तों स्थापित किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है हमारे यहाँ पंद्रह सत्रह उन्नीस या छब्बीस तो फ्रेंड्स बताएं कि कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं तो राइट आंसर है उन्नीस बोलते हैं कौन है विजय राघवन तुषार मेहता राकेश कुमार या अरुण कुमार तो फ्रेंड्स जो वर्तमान में महाधिवक्ता हैं वो तुषार मेहता हैं बी एस का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सोलह टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसने की एस एस भटनागर एच जे भाभा एम एन शाह या भी सारा भाई? तो राइट आंसर है दोस्तों एच जे भाभा बी एस राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सत्रह गोलकुंडा किला निम्न में से किस राज्य में है कर्नाटक तमिलनाडु तेलंगाना या महाराष्ट्र आपको बताना है गोलकुंडा किला किस राज्य में है तो राइट आंसर है फ्रेंड्स तेलंगाना जो गोलकुंडा का किला है वो तेलंगाना में है क्वेश्चन नंबर अठारह हाल ही में लॉन्च हुआ दर्पण ऐप संबंधित है जो आपका दर्पण ऐप है वो किससे संबंधित है डाक बीमा बाल श्रम भारतीय रेल बिजली कटौती तो ये दर्पण ऐप है दोस्तों वो डाक बीमा से संबंधित तो है तो इसका मुख्यालय है या और इसकी स्थापना उन्नीस सौ उनचास में हुई थी और इसमें कुल उनतीस देश है पहला राज्य था गुजरात महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश या असम तो आपको दोस्तों बताना है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था और जीएसटी लागू करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा नंबर का राज्य था तो उत्तर प्रदेश का नंबर था नोमा नोमा राज्य था उत्तर प्रदेश और उत... जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य था दोस्तों वो असम था और उत्तर प्रदेश की भी स्थिति पूछा तो नोमा राज्य था ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देवताल झील कहाँ है राजस्थान उत्तराखण्ड सिक्किम या कर्नाटक देवताल झील से, से, से से, से। तो तो जो की छत्तीसगढ़ की है तीजनवाई उनका संबंध पंडवानी से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री निम्नलिखत में से कौन सा राज्य कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है जो तीन राज्य हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं एक है वो नहीं बनाता वेस्ट बंगाल असम नागालैंड या त्रिपुरा तो फ्रेंड्स बताएं तो राइट आंसर है इसका दोस्तों नागालैंड है वो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता जबकि वेस्ट बंगाल असम और त्रिपुरा इसके साथ सीमाएं बनाते साथ, साथ मिजोरम और मेघालय भी सीमा बनाता है ठीक है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर चौबीस निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है व्यास नदी रावी नदी चिनाब नदी या सतलज नदी तो इन चार नदियों में से तीन नदी हैं उनका उद्गम स्रोत भारत में ही जबकि एक का भारत के बाहर है तो फ्रेंड्स बताएं। तो जो व्यास नदी है उसका उद्गम स्थल है कुल्लू कुंड में कहा पे है व्यास कुंड कुल्लू में और जो आपकी रावी नदी है उसका उद्गम स्थल है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में और जो चिनाब नदी है उसका उद्गम स्थल है लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में जो सतलुज नदी बची हुआ इसका उद्गम स्थल भारत की बाहर और इसका उद्गम स्थल भी परीक्षा में पूछा जाता है कि कहाँ पे है तो यह है मानसरोवर झील के पास राकस्ताल से निकलती है तिब्बत ठीक है फ्रेंड्स तो राइट आंसर हो गया सतलज नदी सतलज नदी का उद्गम नहीं है, है।, है? बोलिबिया पेरू सूरी भारत तो आपको बताना है स्थल रुद्ध देश इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और अधिकतर प्रीपीएससी में तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं बार बार लेकिन इसमें भी बिल्कुल आने की संभावना है तो बताए की क्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, देश है। देश होता क्या है एक ऐसा देश जो चारों तरफ से थल से घिरा हो किसी भी सीमा से घिरा हो समुद्र वगैरह नहीं है उसे हम स्थल वृद्ध देश कहते हैं ठीक है जैसे की अगर मैं कल्पना करूँ कुछ समय के लिए मध्य प्रदेश है जो अपना वो एक देश है तो वो एक स्थल वृद्ध देश होगा की चारों तरफ से वो समुद्र से कहीं नहीं घेरा होगा स्थल से ही घिरा होगा है तो उसे हम स्थल वृद्ध देश कहते हैं और विश्व में दो महाद्वीप ऐसे हैं दो महाद्वीप ऐसे हैं जिसमें कोई भी स्थल वृद्ध देश नहीं है एक उत्तरी अमेरिका और एक ऑस्ट्रेलिया इनमें कोई भी स्थल वृद्ध देश नहीं है क्योंकि इसका कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जहाँ पर भी बड़े देश होंगे क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होगा और जिनकी बाह सीमा लंबी होगी ज़्यादा लंबाई होगी वहाँ पे स्थल देश नहीं होंगे अमेरिका में ऐसा ही है संयुक्त राज्य अमेरिका बड़ा है और कनाडा भी बहुत बड़ा है इसलिए वहाँ पे कोई स्थल देश नहीं है सेम ऑस्ट्रेलिया में है अकेला ऑस्ट्रेलिया है बहुत अधिक क्षेत्रफल है तो फ्रेंड्स इस चीज़ को आप विस्तार से समझ गए होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स निर्मले वैसे कौन सी एक ठंडी जलधारा है आपको जलधारा बताना है कि कौन सी ठंडी है बेंगूला जलधारा क्यूरेशियो जलधारा गल्फ स्टीम या ब्राज़ील तो ठंडी जलधारा है फ्रेंड्स बताना है तो बेंगुला जलधारा है वो एक ठंडी जलधारा है बाकी तीनों की जलधाराएं आपकी क्या हैं गर्म जलधाराएं हैं ठीक है क्यूरेसियो जलधारा है जो उत्तरी प्रशांत महासागर में जापान के पास है और गल्फ स्टीन मैक्सिको के पास और ब्राजील ब्राज ये क्या बोलते हैं अटलांटिक दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ब्राजील के पास है लेकिन ये तीनों कैसी हैं धाराएं गर्म है, धारा है? है जबकि बेंगुला आपकी ठंडी है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन निगम क्षेत्र किस प्रकार की स्थलकृति में पाए जाते हैं टुंडरा चूना क्षेत्र मैदानी या मरुस्थल तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका चूना क्षेत्र जिससे हम क्या बोलते हैं कास्ट स्थल कृति या कास्ट टोपोग्राफी भी बोलते हैं तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इसका भी चूना क्षेत्र क्वेश्चन नंबर 28 जो आपका क्वेश्चन नंबर है उसमें आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश का भाषाई रूप में गठन कब हुआ ठीक है ना ऐसा भी आ जाता है भाषाई रूप में गठन सबसे पहले किस राज्य का हुआ तो फ्रेंड्स जो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषाई रूप में वो कब हुआ था उन्नीस में हुआ था जब रामुल्लू थे उन्होंने अनशन किया था और छप्पन दिन का आमरण हो गया था इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहले राज्य का गठन किया था भाषाई आधार पर ठीक है तो राइट आंसर है इसका उन्नीस भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है विधिक अधिक अधिकार मूलभूत अधिकार दोनों या इनमें से कोई नहीं तो बताए कि संपत्ति का अधिकार किसके अंतर्गत आता है तो फ्रेंड्स लास्ट में आप लोग मार्क्स बताए और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें तो राइट आंसर है दोस्तों इसका विधिक अधिकार क्या है संपत्ति का अधिकार है विधिक अधिकार है क्वेश्चन नंबर इकतीस भारत के प्रथम उपप्रधानमंत्री कौन थे जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल गुलजारी लाल नंदा या चरण सिंह तो राइट आंसर है इसका सरदार पटेल भारत के प्रथम उपप्रधानमंत्री थे क्वेश्चन नंबर थर्टी कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं इसका निर्धारण कौन करता है राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री या राज्यसभा तो राइट आंसर है इसका कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं इसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष करता है क्वेश्चन नंबर तेतीस भारत के बहुत आसान क्वेश्चन लेकिन पूछा जाता है बलराम जाखड़ तो राइट आंसर है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी माओलंकर थे एस का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर हंटर आयोग संबंध थे काल कोठरी की घटना से जलियावाला वाघ हत्याकांड सहयोग आंदोलन या बंगाल विभाजन तो दोस्तों जो हंटर आयोग है वो जलियावाला वाघ हत्याकांड से संबंधित है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव चोरी चोरा नामक स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है गोरखपुर लखनऊ बरेली या आगरा तो दोस्तों जो चोरी चौरा नामक स्थान है वो गोरखपुर में के पास है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है क्वेश्चन नंबर छत्तीस 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी एनिवेश अंबिका चरण मजूमदार मोतीलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका जो 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता ए सी मजूमदार ने की थी तो बी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सैतीस हुमायूं का मकबरा कहाँ है दिल्ली में आगरा में लाहौर में या काबुल में तो जो हमायूं का मकबरा है वो दिल्ली में है ए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी एट विजयनगर किस नदी के तट पर है कावेरी कृष्णा तुंगभद्रा गोदावरी विजयनगर साम्राज्य बहुत ही प्रसिद्ध है इसीलिए इसका नदी का भी पूछ देते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई किसने की सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो विजयनगर है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे है और इसकी स्थापना तेरह में हरिहर एवं बुक्का ने की थी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर थर्टी तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया तेरह सौ तेरह सौ बीस तेरह सौ अंठानबे पचास तो फ्रेंड्स तैमुल लंग ने तेरह सौ ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया आखिरी क्वेश्चन निम्नखद में से कहाँ लिंगराज मंदिर है कोलकाता बीजापुर मद्राई भुवनेश्वर तो आपको लिंगराज मंदिर बताना है तो राइट आंसर है फ्रेंड्स उड़ीसा भुवनेश्वर में इसी के साथ फ्रेंड्स आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में मार्क्स जरूर बताएं धन्यवाद दोस्तों